यह हमारा बारह फैडा है और हम इसे पीपे को इसके ऊपर ढकेंगे देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट होता है देखिएगा ये बारह फैडा पीपे को हम ढकेंगे ये पीपा है ये पीपा अंदर से पूरा खाली है और ये देखिएगा कुछ नहीं है भी भी भी भी भी खाली है जल्दी जल जल्दी जल्दी पकड़ो, जल दी पकड़ो। दी। <laughs>